हेलो एवरीवन द एन ट्रेडर में आप सबका स्वागत है ये वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा जुलाई मंथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा जुलाई मंथ खत्म होने के बाद मेरे अकाउंट में रह गया है फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये पिछले मंथ में फिफ्टीन थाउजेंड नाइन्टी था इस मंथ में कम हो गया है सो लगभग इसको 3% परसेंट ही पकड़े थे थ्री का लॉस हो गया है जुलाई मंथ में और चलिए देखते हैं ट्रेड्स क्या क्या लिए थे मैंने आ, इस मंथ में छः ट्रेड्स लिए थे कैन बैंक गुडरेज पॉप इंडिगो पी आई सेल और एस बी प्रॉफिट ही था बट चार्जेस ज़्यादा हो गए क्योंकि इस बार थोड़ा ट्रेड्स स्लाइटली ज़्यादा हो गए थे सो चार्जेस ज़्यादा हो गए प्रॉफिट कम था इसके लिए चार्जेस के कारण लॉस हो गया है कोई बात नहीं अगस्त मंथ में पूरा फुल रिकवर करने के लिए ट्राई करेंगे और सिंस अभी सेबी का नया मार्जिन रूल निकल गया है जहां पे मार्जिन कम हो रहा है तो मंथ में 10 टू 15 परसेंट का ही टारगेट लेके करेंगे बस यही कहना था देखते रहने के लिए धन्यवाद